मैंने प्लीज कर दिया था बस मुझे आपके फादर आए क्यों को ना ख्याल ये ये ये ये ये ये अच्छा सुकून का नाम सुना है है है हाय भगवान दिल का जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल क्या। तो यो बात की दिक्कत सा भाई अरे हाँ भाई हाँ चांदना हुआ कैसे भाई अब तो मैं लावा को पता है किस लिए रोशनी के लिए <laughs> ताकि मेरे को टॉर्चिज नजर आनी पड़े लावा की औकात गिर गई मेरे सामने वो वो देख हो? देखो। देखो कहा जाके घुसा देख रहे हो? लड़ाई की बात आई तो सबसे पहले कहाँ जाके घुसा और थोड़ी देर बाद लिखेगा जैक वर्सेज एंडरवा हाँ सर हिला रहा मारूंगा वही आके अभी जैसे जैक फटाफटा इसको तोड़ता है इसको तोड़ता है अगले फेज में जाते जल्दी जल्दी नहीं नहीं मेरे चला जाए यहाँ से चला जा। अरे भैया क्या कर दिया जैक मेरे को भी ले ले भाई अंदर यार मैं भी आ रहा अंदर भाई अबे है है है यार यार तू डरता से? तो से इजी है ना? भाग हाँ, के जाओ अभी अभी क्या क्या क्या? मतलब अब कुछ तो कुछ तो गड़बड़ है मरने वाला है मैं बाबा उठा ले ये ऊपर नहीं जा पा रहा हितेश मैं यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहे किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का सौ प्रतिशत गेम, गेम, गेम, गेम, भी भी तोड़ दूंगा अपना यार ओ मैं भी आ आ गया मैं भी आगे अगर एक वो कौन सा है वो घी का वो कौन सी कहावत है घी अगर सीधा बोले वो क्या है वो अगर घी सी तो तो भी भी <laughs> क्या नहीं है नहीं <laughs> के सोने का जुगाड़ हो चुका है है है पर पर क्या है? पर एक है और थोड़े और अबे यार ऐसे मुझे थोड़े और पोर्टल मिल जाए ना तो मेरा काम हो जाएगा। hey, तुमने कुछ नहीं देखा प्लीज <laughs> ये पार्टी एडिट कर देना किसी ने कुछ नहीं देखा ऐसे तो मैं मर जाऊंगा यार था था। तो नहीं इनके पास पास हार्ट्स बिल्कुल नहीं भाई अभी है भाई? इनके से अभी अभी दे दे। मिनट रुको। दिमाग की बत्ती जला दे। देखे आया था ना बढ़िया बढ़िया बढ़िया चलो चलो चलो चलो नहीं करना पड़ेगा aur 2 come it is fine kaat ke koi the roman when the thing goes bang do do do bang do my ones are through with gang jump up cause jump up band the roman when the thing goes bang do do do bang do my ones are through with gang jump up cause jump up mar bhai wo to saman leke gir jaoge abbe abhi tu miko underestimate kyu kar raha hai miko aata hai ruk dekho karke dikha chalo chalu karo karke dekho theek hai आग बंद कर ले कुछ <laughs> <laughs> देखा, देखा, देखा तो नहीं ना यहाँ पर अभी गाय एक ट्रैप बनाना पड़ेगा इन लोगों के लिए बहुत ही तगड़ा सा ट्रैप गाय मेरे को एक बहुत ही परफेक्ट जगह मिल चुकी है यहाँ पर मैं इन लोगों को ना फंसा सकता हूँ पक्का feel the cold world try to put me on my knees and i feel all of the pressure to provide everything so i'll keep my head down work hard and believe that tomorrow will be better keep it time and you'll see kya kar raha hai banda oye kya kar raha hai yeah it's, ah, right. it's been a tough life you need a new guide to see what to do life to make a new move in the diamond mile usme ye bata de bas 8 bekaari nahi aap बहुत पैसे अपने पास भाई तीन थे ब्लॉक तीन को मारा तो आठ मिल गए फॉर्चून ओह माय गॉड मौत को छू के टक से वापस आ सकता आई स्वेर टू गॉड मैंने लास्ट मोमेंट पर था उठती पतंग सा था माई गॉड यार मैं तुम्हें बता रहा था कि गाइड मैं यहाँ से ऐसे छलांग मारते मारते आया और मैं यहाँ से भी छलांग मारने आ रहा था और मैंने लास्ट मोमेंट पे कंट्रोल दबा के खुद को ऐसे वो क्या कहते हैं ये जो क्राउच कर लिया और बच गया और ये कूद जाके है उसके अंदर और हंस कर ओ भाई हिलना पे यही पैगाइज ओके ओके ओके ऊपर केव थी एक आई थिंक वहाँ पे मेरे ब्लॉक तोड़ने के वास्ते नाशपोन हो गए बट भाई सुंग ओ भाई तो अगर मैं हिला तो 100% परसेंट डेटूँ भाई आराम से आराम से फोल्ड होल्ड करता हूँ फोल्ड करके रखते हैं ओ भाई यो भाई फट रही है मेरी सीरियसली गंदे वाली पट्रिया है वो गंदे वाली पट्रिया है मेरे गंदे वाली पट्रिया क्योंकि इसको पता है मैं कहां पे हूं यार मैं हिलत बिल्कुल नहीं हूं आई डोंट थिंक सो इसको पता आई थिंक 1 टीस्पून हो जाएगा अगर इसको नहीं पता तो 1 टीस्पून हो जाएगा भाई ओ हे ओ भाई साहब निकलो निकलो निकलो निकलो ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई निकलो निकलो यहां से और भाई साहब कैसे बचा भाई मैं वहां से ओ भाई ऊपर चलो ऊपर चलो और ऊपर चलो और ऊपर चलो और ऊपर चलो और ऊपर चलो, चलो, चलो भाई नहीं नहीं नहीं नहीं और ऊपर चलो ओ भाई साहब भाई कैसे बच के निकला भाई इसमें से पूरा लेक को भरने में मैं क्या करूंगा मैं जा रहा हूँ सीधा इस टाइम पर आइस वायो वहां से ना आइस लेकर आते हैं और आइस को मैं पिघला दूंगा लगाने के बाद तो तुरंत पानी भर जाएगा आपका नॉलेज का चैलेंज है की क्या मैं से उड़ते उड़ते पानी इकट्ठा कर सकता हूँ मतलब मेरे को जमीन पे लैंड नहीं होना है और पानी भी अपनी बकेट में भर लेना है ईजी तो है तो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाकर मैंने सोचा इधर कितना सारा टाइम बचा लिया अपना सबसे पहले जैसे मैंने बताया मुझको पूरी लेकर है तो जो एरिया से हवा वाला है ना मेनली उसमें दिक्कत आ दिया अच्छा बाकी जैसे ये सब है ना ये आसानी से हो जाएगा तो मुझे बस यहाँ पर कुछ इस तरीके से आइस को रखना है और जब ये टूटेंगे ना देखो जैसे मैं इसे तोड़ूंगा तो ये अपने आप ही सारा पानी बन जाएगा बट मुझे हाथ से मैन्युअली तोड़ने की जरूरत नहीं है मैं यहाँ पर सीधा टॉर्च लाके के रखूंगा और ये अपने वैसे टोर्च भी ला कर रखनी यार मेरे पास तो मस्त पिकस है ना मैं ये भी तो मार सकता हूँ फिर लगा दिया है और इसको पिघलाने के लिए मैं ढेर सारी टोर्च बनाकर ले आया हूँ एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ ये देखो यहाँ का पानी पिघलना शुरू हो गया se toma seu talking to the oh sorry sorry moo